नीलांजन सभाषं रविपुत्र यमाग्रज छायातंडसुत तम नमाम शनेशर दर्शको जय शनिदेव मैं आप सभी दर्शकों का दिनांक 14 दिसंबर के दैनिक राशिफल में स्वागत करता हूं प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है नक्षत्रों के गोचर के आधार पर आधारित है तो दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं लेकिन उससे पहले नववर्ष चूंकि आने वाला है और नववर्ष से संबंधित वार्षिक राशिफल दो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है आप लोग जा के देख सकते हैं तो विक्रम संबत् दो हज़ार छिहत्तर सख्त आज दिन रहेगा शनिवार और सूर्योदय होगा प्रातः 6 बजकर 50 मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को 5 बजकर 10 मिनट पर तिथि जो रहेगी दर्शकों देखिए सुबह 8 बजकर सैंतालीस मिनट तक तो द्वितीय तिथि रहेगी और इसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी द्वितीय तिथि को हमने आपको पूर्व में बताया था कि बैगन का और कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए और तृतीय तिथि के दिन परवर का सेवन नहीं करना चाहिए इससे शत्रुओं में वृद्धि होती है इन चीजों का आपको ध्यान रखना है ब्रह्मा वह पुराण में ये लिखा हुआ है नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा करण देख लेते हैं क्योंकि पंचांग के जो पांच अंग है ये तिथिवार नक्षत्र योग करण है तो करण रहेगा घर इसके उपरांत वर्ग और अंतिम करण रहेगा योग रहेगा शुक्ल इसके उपरांत ब्रह्म योग रहेगा राहु काल पर आ जाते हैं तो सुबह नौ बजकर पच्चीस मिनट से लेकर के दस बजकर तिरालीस मिनट तक का जो समय रहेगा राहु काल का रहेगा अभिजीत मुहूर्त आज रहेगा ग्यारह बजकर उनतालीस मिनट से बारह बजकर इक्कीस मिनट तक की इसमें आप लोग शुभ कार्यो को कर सकते हैं राहुकाल में शुभ कार्यो को बिल्कुल भी मत करिएगा चंद्रदेव आज जो चलायमान रहेंगे ये मिथुन राशि में चलाए चलायमान रहेंगे रात में 11 बजकर 16 मिनट पर कर्क कर राशि में इनका संचरण होगा सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चलाए मान है इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पूर्व दिशा की ओर आज का दिशाशूल रहेगा पूर्व दिशा की ओर यात्राएं करने से बचिएगा यदि करना पड़ जाए तो अदरक का सेवन करके चाय पत्ती का सेवन करके आप यात्राएं कर सकते हैं लेकिन पूर्व दिशा की ओर पहले न जा करके पश्चिम की ओर चार छह कदम चल लीजिएगा उसके बाद पूर्व दिशा की ओर निकलिएगा तो ये तो था दर्शकों आज का हमारा पंचांग अब बढ़ते हैं राशिफल पर कि से से ले लेकर लेकर के के के के के के मीन राशि राशि जातकों जातकों लिए क्या कुछ खास के आया है शनिवार का दिन तो के के दिन तो मेष आज आप स्वयं स्वभाव संतोषी रहेंगे लेकिन परिजनों का व्यवहार आपके प्रति कुछ गैर जिम्मेदारा रहेगा कार्य हो व्यवसाय हो या नौकरी हो दोनों में ही आज आपको बहुत ज्यादा व्यस्तता देखने को मिलेगी आज आपको संघर्षों से जो है दो चार होना पड़ सकता है आज आप अपने मन से झंझटों वाले कामों में नहीं पड़ेंगे लेकिन अन्य लोगों के दबाव में आकर के आज कुछ ऐसे टास्क आप अपने हाथ में ले लेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉसिबल हो शाम का समय आपके लिए ठीक रहेगा राहत देने वाला रहेगा आज आपको किसी घनिष्ठ मित्र से कोई उपहार या सम्मान मिल सकता है उपाय के तौर पर आज को आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज शनिवार का दिन है तो कोशिश कीजिएगा कि किसी मजदूर को आप लोग चाय पत्ती का डोनेट जरूर करें 100 ग्राम या 50 ग्राम की जो चाय पत्ती की पैकेट आती है आज इसका आप लोग डोनेट कर दीजिए और शनिदेव के किसी भी मंत्र का आज आपको जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो वृषभ राशि के जातकों तो आज के दिन आपको वाड़ी का प्रयोग सोच समझकर करना है मुख दर्शक बन करके ना रहिए आज आपको बोलना रहेगा आँखों में कुछ जलन हो सकती है नेत्र ज्योति में कमी एवं पित्त संबंधी कुछ व्याधि आज वृषभ राशि के जातकों को होती हुई दिखाई पड़ रही है लेकिन इसके बावजूद भी आज वृषभ राशि के जातक अपने कार्यों में मस्त रहेंगे घर एवं बाहर का जो है वातावरण थोड़ा सा असामान्य बनेगा या तो किसी कार्य में प्रतिक्रिया नहीं देंगे नहीं और देंगे तो हर कार्य में जो है आप लोग जो है कोई ना कोई मीन निकालने की आदत रहेगी व्यापार में लाभ की संभावनाएं तो रहेंगी परंतु आज आपकी व्यवहार शून्यता के चलते आर्थिक लाभ विलंब से होगा अथवा आज आपके कोई कार्य निरस्त भी हो सकते हैं परिवार के बुजुर्ग लोग आपकी उदार वृत्ति को समझ आ रहेंगे नौकरी पेशा जातक कार्यों को जल्द पूर्ण करने के कारण गलती कर सकते हैं सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में आज आपका योगदान बढ़ने से सम्मान मिलेगा संतानें आज आपकी जिद्दी व्यवहार करेंगी इच्छा पूर्ति ना करने पर भी आज आपके घर जो है घर में शांति फैलाती हुई दिखाई पड़ रही है सेहत थोड़ी बहुत थकान व कमर दर्द को छोड़ बाकी का दिन सामान्य रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा जो कि की ढैया चल लिया था पीपल के वृक्ष पर आज आपको शाम के समय जल में गुड़ डाल करके लाल रोली डाल करके हल्दी डाल करके जल अर्पण करना है और एक सरसों के तेल का दीपक जलाना रहेगा हो सके तो आज हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल में सिंदूर डिप करके उनको लेप लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार मिथुन राशि के जातकों आज के दिन आप अपनी ही किसी गलती अथवा लापरवाही के चलते संकट में फंस सकते हैं शारीरिक रूप से दिन के आरंभ में ही शिथिलता अनुभव होगी फिर भी इसकी अनदेखी कर दैनिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे जिसके फलस्वरूप मध्यान्ह के बाद सेहत में अकस्मात गड़बड़ी आने से कार्य में व्यवधान पड़ेगा कार्य पर किसी भी प्रकार के जोखिम वाले कार्य करने से पहले आगे मिलने वाले फलों का विचार आप लोग अवश्य कर लीजिएगा धन मत, की आमद आज नहीं रहेगी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जोर तोड़ करनी पड़ेगी अथवा जबरदस्ती करने पर आय के अल्प मार्ग आपके बनेंगे आज आपके अथवा आपके परिजनों के द्वारा कोई घृित काम या कोई जो है पाप कर्म भी आप लोग कर सकते हैं जिसकी बाद में आपको जो है ग्लानी महसूस होगी सार्वजनिक क्षेत्र पर भी शत्रुओं में वृद्धि होगी लंबी यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोगों को दशरथ के स्त्रोत का पाठ करना है दूसरा ब्लैक कलर को आज व्हाइट कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि ग्रीन कलर लेकर के आइए पहनावे में शुभ कलर भी आपके लिए ग्रीन रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः कर्क राशि के जात आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा आज आप प्रत्येक कार्य सोच समझ कर ही करेंगे फिर भी मध्यान्हन तक की दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी अधिकांश कार्य में रुकावट आने से मन में नकारात्मक भाव आज आपके उत्पन्न होंगे व्यवसाय एवं नौकरी में आज बिना झंझट में पड़े लाभ कमाना मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है धन की आमद आज, आज आपको आशा से कम ही मिलेगी घरेलू सुख सुविधा की वस्तुओं में वृद्धि होगी कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आज आप पा सकते हैं संतानों से जिस कार्य की उपेक्षा करेंगे वो उसका उल्टा ही करेंगे तो संतान पक्ष आज आपको परेशान करती हुई दिखाई पड़ रही है बहसबाजी से आपको दूर रहना होगा बचना होगा अन्यथा आपको अपमानित होना पड़ सकता है पैत्रिक चल अचल संपत्ति विषयक शुभ समाचार मिल सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र पर आपकी छवि पहले जैसी ही बनी रहेगी मधुमेह अथवा अन्य रक्त संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक वही सिंह राशि के जात क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आप अपने किए सभी कार्यों में संतोष रखेंगे इसका मुख्य कारण परिस्थितियों परिस्थिति अनुसार स्वयं को ना ढाल पाना रहेगा पारिवारिक सदस्य आरंभ में आपका विरोध करेंगे लेकिन समझाने के बाद आपके निर्णयों के समर्थन के पक्ष में आएंगे विशेषकर महिलाएं परिवार में अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाती हुई दिखाई पड़ रही हैं धन संबंधी आज आपको समस्याओं को सुलझाने में भी आर्थिक सहयोग मिलेगा आज आप लाभ आने के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे लेकिन देखा देखी में भोग की मानसिकता अवश्य रहेगी सुख से रिलेटेड कोई आज, आज आप महंगे साधन खरीदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी पुराने इष्ट मित्रों से आज भेंट होती हुई दिखाई पड़ रही है पड़ोसियों से आज किसी बात के कारण आपकी बहस हो सकती है जिसका परिणाम बाद में ज़्यादा गंभीर हो सकता है सरकारी कार्य करने के लिए आज आपको किसी की सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी धन लाभ प्रयास करने पर होगा लेकिन आशा से कम होगा सेहत थोड़ी सी डाउन रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको देखिए प्रयास करना है कि शिव चालीसा का आपको पाठ करना रहेगा और यदि हो सके तो सुंदरकांड की ग्यारह चौपाइयाँ आज आप लोग जरूर पढ़िए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ कन्या राशि के जातकों क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे लेकिन दर्शकों फटाफट आप लोग जो है जय श्री राम का उद्घोष कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए कन्या राशि के जातकों आज दिन का प्रथम भाग थोड़ा सा शांत होगा पुरानी घरेलू उलझनों के कारण आज भी मन आपका विचलित रहेगा जिससे दैनिक कार्यों में चाह कर भी उत्साह नहीं दिखा पाएंगे मध्याह्न के आसपास परिवार में किसी महिला के कारण गलतफहमी से विवाद हो सकता है संतानों का व्यवहार आज आपके विपरीत होगा परंतु दोपहर के बाद का समय कार्य क्षेत्र से लाभ दिला सकता है नौकरी एवं व्यवसाय में आज आपको पदोन्नति संभव है कार्य क्षेत्र पर आज आप लोगों के जो है मन में थोड़ी सी जो है दूसरे साथियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे मतलब जो आपके शत्रु भी हैं उनको लेकर के भी आज आपके मन में बड़ा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा धन लाभ अकस्मात होने से अधूरे कार्य आज, आज आप लोग पूर्ण करेंगे लेकिन किसी की आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहायता ना कर पाने का दुख भी आज आपको होगा आज मित्रों अथवा अन्य कार्यों से यात्रा की योजना बनेगी तो आज उपाय क्या करना रहेगा तो सबसे पहले वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा अन्यथा चोट चपेट इत्यादि भी लग सकती है दूसरा दर्शकों आपको करना क्या रहेगा दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना रहेगा और यदि हो सके तो सप्तम अध्याय का पाठ आज आप लोग जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन तुला राशि के जात क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे फटाफट आप लोग देखिए लाइक कीजिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए वार्तिक राशिफल 2020 हमारे इस चैनल में पड़ चुका है आप लोग हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके देख सकते हैं तुला राशि के जातकों आज का दिन बीते कुछ दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगा सुबह सुबह के सुबह के समय आज थोड़ी सी आपको जो है सेहत से संबंधित परेशानियों का सामना कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन धीरे धीरे आज दोपहर बाद आपके सेहत में स्थिरता आने लगेगी आध्यात्मिक आकर्षण आज आप बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है विचारों में धार्मिक भाव उत्पन्न होगा कार्य पर कई काम एक साथ आने से आज आपके मन में कुछ दुविधा होती हुई दिखाई पड़ रही है मेहनत करने से आज आप लोग पीछे नहीं हटेंगे कार्यशैली थोड़ी सी आपकी जो है अवश्य मंद रहेगी जिस कार्य को करना आरंभ करेंगे आरंभ में उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आएगी फिर भी धीरे धीरे अधूरे कार्यों को शाम तक काफ़ी हद तक ही पूरा कर लेंगे कार्य पूरा होने के बाद भी धन ना मिलने पर मन कुछ समय के लिए उदास रहेगा सरकार अथवा इससे संबंधित किसी मामले में मानसिक भय भी रहेगा घर में खर्च अथवा अन्य आर्थिक कारणों से खींचा तानी हो सकती है व्यवसाय यात्रा जो है सामान्य रहेगी लाभ होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास करना रहेगा कि सुंदरकांड का आप लोगों को पाठ करना रहेगा तथा हनुमान जी को आज आप लोगों को लाल गुलाब के पुष्प की माला बना करके चढ़ानी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो स्कॉर्पियो जी हाँ वृश्चिक राशि शनि की साढ़े का अंतिम चरण चल रहा है चौबीस जनवरी के बाद आप लोग फ्री होने वाले हैं तो वृश्चिक राशि के जातको आज के दिन बीते कुछ दिनों से जिस कार्य योजना पर प्रयासरत थे उसमें विजय मिलने की संभावना है स्वभाव में अहम की भावना आज आपके अधिक रहेगी आपके अंदर ईगो ज्यादा आएगा अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना एवं गलत बात को भी सही सिद्ध करने का आज आप लोग प्रयास करेंगे दाम्पत्य जीवन एवं घर परिवार व्यवसाय में भागीदारी वाले कार्य को छोड़कर अन्य जिस भी कार्य में भागाएंगे वहाँ से तुरंत ही आपको अच्छे फल मिल सकते हैं जो लोग बैटरी से संबंधित कार्य करते हैं सोलर सिस्टम से संबंधित कार्य करते हैं इनका आज बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चलेगा अकस्मात धन लाभ होने की संभावना है धन की आमद सामान्य रूप से उत्तम रहेगी आज संतान पक्ष को लेकर के कोई गुड न्यूज़ कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा उपाय पर आ जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोगों को विकलांगों को कुछ पका हुआ भोजन कराना रहेगा दूसरा शनि चालीसा का आज आपको पाठ करना रहेगा और दशरथ ग्र शनि का भी आप लोग पाठ करिए शुभ पलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक सजिटेरियस जी हां धनु राशि तो धनु राशि के जात को आज का दिन आपके धन धान्य कोष में वृद्धि करेगा लेकिन खर्च भी आज अनियंत्रित ही रहेंगे दिन के आरंभिक भाग में आज, आज आपके सन मिजाज के चलते जीवन साथी अथवा किसी अन्य परिजन से छोटी मोटी बहस होगी आज आपके स्वभाव पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा परिजन आज आप से दुखी होंगे आपका सख्त रवैया उनके लिए कोई चिंता का कारण खड़ा कर सकता है कार्य क्षेत्र पर आज आपके दिमाग में कम समय में ज्यादा धन पाने की युक्ति आप लोग लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अनैतिक साधनों का भी आज आप लोग प्रयोग करेंगे जिससे आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज हर किसी को संदेह की दृष्टि से ना देखें अन्यथा बना बनाया रिश्ता आपका बिगड़ सकता है सरकारी कार्य की खानापूर्ति आज आपको अवश्य करनी होगी आने वाले दिनों में इसको सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है मन में किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखिएगा अन्यथा कुछ भी नहीं बचेगा देखिए रेहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़ा जुड़े घाट पड़ जाए आपका यदि किसी के साथ जो है लव रिलेशन है आप अनजाने ही उनके ऊपर शक करेंगे तो कहाँ तक काम चलेगा विश्वास का एक रिश्ता जो बनाए है आप लोग उसको बनाए रहिएगा उपाय पर आ जाते हैं उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए सबसे पहले आज कोशिश कीजिएगा कि शनि देव के मंत्रों का यथासंभव आप लोग 108 बार जाप करिए शनि गायत्री मंत्र का कर सकते हैं शनि के वैदिक मंत्र का कर सकते हैं शनि के तांत्रिक मंत्र का कर सकते हैं दूसरा दर्शकों करना क्या रहेगा कि आज आपको काली माह की साबुत दाल इसका दान धर्म स्थान पर करना रहेगा ये दो प्रयोग करिए दिन अच्छा जाएगा शुभ कलर रहेगा ग्रे शुभ अंक रहेगा पाँच मकर राशि के जातको आज का दिन आपके लिए धनदायक साबित रहेगा सेहत प्रातःकाल के समय थोड़ी सी नरम रहेगी लेकिन दिनचर्या में बाधा नहीं पहुंचेगी आज क्रय विक्रय के व्यवसाय अथवा शेयर सट्टे में निवेश से निश्चित धन लाभ होगा अन्य व्यवसाय में भी नए अनुबंध प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं परंतु नए व्यवसाय का आरंभ आज न करें तो बेहतर रहेगा व्यवसाय यात्राएं लाभदा लाभदायक रहेगी साथ ही धन की उगाही भी आज आप लोग कर पाएंगे नौकरी पेशा जातकों की कार्य क्षेत्र पर कठिन दिनचर्या रहेगी किसी सहयोगी के हिस्से का कार्य आपको करना पड़ेगा धार्मिक कृत्यों विशेषकर ज्योतिषीय उपायों में विश्वास करेंगे लेकिन आज आपका पैसा नहीं खर्च होगा दाम्पत्य जीवन में नोकझोंक के बाद खुशियाँ बढ़ेंगी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी विरोधियों से विरोधी आपके खिलाफ षडयंत्र बचेंगे लेकिन उसमें वो लोग असफल होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन कुत्तों को तेल में जो है रोटी में तेल लगा करके आप लोग डालिए अच्छा रहेगा दूसरा यदि हो सके तो आज के दिन आप लोग दशरथ के शनि स्रोत का पाठ जरूर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा 切 एक्वायर्स जी हाँ कुंभ राशि की ओर चलते हैं कुंभ राशि के जात को आज का दिन मानसिक अशांति वाला रहेगा बचते बचते भी अन्य लोगों के झगड़ों में पड़कर स्वयं का नुकसान आप लोग कर लेंगे आपको भी किसी परिजन के कारण अकस्मात क्रोध आ सकता है जिसके कारण घर में व्यवस्था व्यवस्थाएं अशांति फैलेगी कार्य क्षेत्र पर सहयोगी वातावरण मिलने के बाद भी इसका ठीक से लाभ नहीं उठा पाएंगे सहकर्मी डरे सहमे रहने के कारण खुलकर कार्य नहीं कर पाएंगे अचल संपत्ति से संबंधित मामले किसी न किसी रूप में मानसिक उद्वेग का कारण व्यवसाय व्यवसाय के के से समान होगी ज्यादा भाग दौर के इसका कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पाएगा परिवार में माता अथवा अन्य किसी स्त्री वर्ग के कारण आज झगड़ा होने की आपके घर में प्रबल संभावना है सोच समझकर ही वाड़ी का प्रयोग करिएगा यही आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास करना है हनुमान चालीसा का ग्यारह बार पाठ करिए दूसरा हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर डाल करके आपको लेप लगाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा आज के दिन पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि क्या कुछ कहते हैं आज आज आपके सितारे तो साहब आज का दिन आपको किसी न किसी रूप में अवश्य ही धन लाभ कराएगा आज प्रातः काल से ही यात्राओं पर योग बन है लेकिन दिन के आरंभ से मध्यान्ह तक जिस भी कार्य को करेंगे उसमें विलंब अथवा असफलता मिलने से निराशा होगी फिर भी प्रयास जारी रखें संध्या तक आर्थिक दृष्टिकोण से दिन राहत ही प्रदान करेगा आज कई दिनों से रुके हुए कार्य में गति आने से भी राहत आपको मिलेगी आज आर्थिक लाभ के अपेक्षा ना ही रखें परिवार में छोटे भाई बहनों अथवा छोटे भाई बहनों से ईर्षालु व्यवहार मन को आहत कर सकता है धर्म अध्यात्म के कार्यों में रुचि नहीं मिलेगी दिन में परोपकार के कार्य के अवसर आएंगे लेकिन इनमें केवल आप लोग अपनी व्यवहारिकता मात्र ही दिखाएंगे व्यवसायिक यात्राएँ आज अवश्य ही लाभदायक रहेगी पेट संबंधी छोटी मोटी समस्या आज लगी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना है कि हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं और आज आप लोगों को जो है सुंदरकांड का पाठ करना रहेगा हो सके तो शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करिए जैसे आपका चमला हो गया लोहा हो गया चायपत्ती हो गई जो है साबुत दाल हो गई काली उड़द की साबुत दाल हो गई कम्बल हो गया काला तो ये सब दर्शकों आप लोगों को करना है देखिए कंबल का प्रयोग राहु में भी कराया जाता है शनि में भी कराया जाता है सरसों का तेल हो गया सरसों हो गए तो तमाम चीज़ें हैं जो कि आप शनि से रिलेटेड दान कर सकते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम